वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी मड़ियाहू उनकी टीम के द्वारा जनपदीय जहर पुरानी गैंग के अपराधियों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है एक सराफा व्यापारी से लूट की योजना बनाते समय थाना मड़ियाहू में जोगापुर नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसमें गोली पुलिस पार्टी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी आत्मरक्षा में गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने भी फायर किया एक बदमाश राजेंद्र के पैर में गोली लगी जिसे गिरफ्तार किया गया और एक अन्य बदमाश जो तो मौके से भाग गया था उसको भी कॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया जिसका नाम राजेश गौतम है इनके कब्जे से दो तमंछे मोटरसाइकिल मोबाइल फोन और कैश बरामद हुए हैं इनके द्वारा विगत दिनों मुंगराबादाहपुर एवं मड़ियाहूँ के अलग अलग स्थानों पर लूट एवं पुरानी की घटनाएं कार्य की गई हैं और प्रयागराज में भी इनके द्वारा घटनाएं कारी की गई इनको गिरफ्तार करते हुए अग्रेतर विधि कार्यवाही एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है